तो स्वाभाविक खेतम भी हो जुगनी, जुगनी, रे जुगनी, जुगनी। और हमारे परमेंद्र भैया सावरिया जी सावरिया जी स्टूडियो आपकी तरफ से सौरप की राशि आई है और एसके स्टूडियो एक एक एक और एके स्टूडियो दमो, दमो बुंदेली स्टूडियो आपकी तरफ से भी शहरों पे आए हैं और कहना था हमारे विक्रम राजा जी एक बार कहा है जो झिड़िया है मोहिनी जी तुम्हारी जो झिड़िया है बारी में वो ओझा में हमने बहुत गिल्क बना देखो बहुत गंदी ऐसा साफ सफाई करवा लो दूबा साफ सफाई कोनो में टूट हमने झिरिया एक लान सोची करो गलत नहीं की पे आप के के की की झिरिया झिरिया में में धर अब इनकी और खड़े खड़े हैं गोड़ों हमने और बच गई मोरी कैसे गोरी चिकली के रंग में ना रंग नारंग जइ रंग में ना नारंग जइ सो एन Lekin kae ¿Le, ¿Le,